आज हम आपको बताएंगे कि ई डिस्टिक ई साथी से किया हुआ आय प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है और आय प्रमाण पत्र का आवेदन कर देते हैं लेकिन वो डाउनलोड नहीं कर पाते तो चलिए हम आज इसका पूरा प्रोसेस बताते हैं कि आप मोबाइल से किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से ई डिस्टिक साथी यूपी की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है उसके बाद आपको ओपन करना है करने के बाद आप देख सकते हैं ई साथ यूपी इस तरीके से आपको दिखेगा दिखने के बाद इस पे आपको सेवाओं के लिए पंजीकृत लॉगिन इस पे क्लिक करें इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पे आपसे लॉगिन और पासवर्ड मांगा जाएगा तो आप लॉगिन और पासवर्ड फिल कर दें लॉगिन और पासवर्ड जब आप सबमिट कर देंगे डालने के बाद तो आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें आप देख सकते हैं आवेदन करें सेवा शुल्क भुगतान पासवर्ड परिवर्तन आवेदन की सूची या निस्तारित आवेदन पावती प्रतिलिपि तो आपको ये जो दिख रहा है पाँचवें नंबर की सर्विस निस्तारित आवेदन इस पर क्लिक करना है जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं सेलेक्ट सर्विस इस पर क्लिक करना अब आप इसमें देखिए कास्ट इन इनकम डोमेस्टिक डोमिसाइल और अदर इसमें आपको ये देखना है कि आप किस चीज़ का आवेदन आपने किया था मान लीजिए हमने इनकम सर्टिफिकेट किया तो इनकम पे क्लिक करके सबमिट करेंगे तो आप देख सकते हैं हमने एक ही फॉर्म किया था तो ये आ चुका है तो यहाँ पे डाउनलोड जो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है तो देख सकते हैं ये इस प्रकार से डाउनलोड हो गया अब आप इसको देख सकते हैं तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पी फाइल पर बन करके आ जाएगा ये देखिए ये आपका जो है आय प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो गया है और इसको आप प्रिंट लेकर के डाउनलोड करके आप कहीं पे भी सरकारी सेवाएं हो या कहीं पर भी आप लगा सकते हैं इसी प्रकार अगर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो आप इस पे देख सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं तो देख लीजिए इस तरीके से आ जाएगा जहां पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नंबर निवास प्रमाण पत्र डेट और डाउनलोड तो आपको इसको डाउनलोड करना है जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो देखिए नीचे डाउनलोडिंग फाइल ये फ़ाइल डाउनलोड हो रही है आप ये देख सकते हैं ये फ़ाइल डाउनलोड होने के बाद आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं पीडीएफ फ़ाइल आ जाएगा तो उस पर आपको अटैच करके ये देख सकते हैं पीडीएफ फ़ाइल पर कि आपका निवास प्रमाण पत्र बन करके तैयार हो गया है अब आप इसको कहीं पर भी आप अपने निवास प्रमाण पत्र को लगा सकते हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा आप हमारे टेगबेरी चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे कि उनको भी मालूम हो सके कि, कि किस तरह से सिटीज़न आईडी से डाउनलोड किया जाता है आय और निवास धन्यवाद दोस्तों